पुजार चन जोगी माता रान की दिल संबंदन जोखी माता पुजार चन जोखी माता रान की शेर पर सवार दौड़ी आएंगी माँ अपने भगतों को दिल से लगाएंगी माँ अपने भगतों को दिल से लगाएंगी माँ भक्त प्यारी है मेरी मैया चली आएंगी पुकार सुन भक्त प्यारी है मेरी मैया पूजा माला ले का बंधन करो पुष्प माला ले का बंधन करो ले गंगा जल वो रोड़ी का चंदन करो पुष्प माला ले मैया का बंधन करो ले गंगा जल वो रोड़ी का चंदन करो ले गंगा जल वो रोड़ी का चंदन करो शरदा सुमन पे श्रद्धा सुमन प्यवारी है मैया गलियाएंगी पुकार सुन के बक्त प्यारी कार के। मंदिर जाकर तू माता का दर्शन करो मंदिर जाकर तू माता का दर्शन करो सिर झुका कर का अभिनंदन करो सिर झुका कर का अभिनंदन करो अति भोली वो नारी है मैया अति भोली वो न्यारी है मैया चली खा रही है मेरी मैया चले आएंगी पुकार किलस मैया से जो तू मनत मांगोगे दिल से मैया से जो तू मनत मांगोगे मन चाहा मैयाद से बर पाओगे मन चाहा तू मैया से फल पाओगे दिल से मैया से जो तू मनत मांगोगे मन चाहा तू मैया से फल पाओगे मन चाहा तू याद से फल पाओगे अशोक प्यारी है मेरी मैया अशोक प्यारी है मेरी मैया दौड़ आएंगी पुकार सुन गए भक्त प्यारी है मेरी मैया चल जाएंगे पुकार सुने के दिल से बंधन जो की माता रानी की पूजा अर चन जोगी माता रानी की शेर पर सवार दौड़ी आएंगी माँ अपने भक्तों को दिल से लगाएंगी माँ अपने भक्तों को दिल से लगाएंगी माँ भक्त प्यारी मेरी मैया चली आएंगी पुकार प्यारी कार सुने बहुत प्यारी है मेरी मैया चली आएंगी तू कार